नमस्कार दोस्तों सभी नौजवान साथियों को प्यार भरा नमस्कार पूजनीय माता पिता एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से कर दिखा ये कुछ ऐसा कि पूरा विश्व करना चाहे आपके जैसा आज हम सब सीखेंगे अपने महापुरुषों द्वारा बताए गए सीना चौरी करने की विधि इस विधि से हमारी सीना चौड़ी भी होगी पुष्ट भी और मजबूत भी इससे हम सुंदर भी दिखेंगे और यदि साइना में बहाली होना चाहते हैं तो यदि सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद लगातार छः सात महीना कर लिए तो हाँ सीना देखते ही जो बहाल करने वाले अधिकारी होते हैं वो आपको कहेंगे नहीं ठीक है जाइए नापने का भी जरूरत आपका नहीं पड़ेगा सीना इस तरह से आपका दिखेगा इस विधि से तो चलिए आइए हम सब शुरू करते हैं सर्वप्रथम इस तरह से मुट्ठी बांधकर कर मिनट तक दौड़ लगानी है पाँच मिनट तक किसी तरह दौड़ लगा लिए और यदि थकावट हो तो थोड़ा सा रेस्ट कर लिए उसके बाद दूसरी विधि इस तरह से करनी इस तरह से शरीर का आकार बना लिए और पूरा नाभि तक जमीन में सटा दिए नाभि जमीन में सटा हुआ हो ये ध्यान रहे और सिर्फ सीना उठनी चाहिए सीना इस तरह उठनी चाहिए और आसमान देखिए और हाथ भी इसी तरह मुड़ा हुआ होना चाहिए पूरा सीधा हाथ नहीं करनी है बहुत समय लग जाएगा ज़्यादा हाथ इसी तरह से मुड़ा हुआ, हुआ इस तरह से श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे लंबी गहरी सांस भरते हुए फिर ऊपर जाएंगे और आसमान देखनी है फिर सांस छोड़ते हुए नीचा गए फिर सांस भरते हुए ऊपर आए आसमान पूरा सर इसी तरह के हुए आसमान देखनी है और हाथ का आकार इसी तरह मुड़ा हुआ हो यह विधि दस बार करनी है लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर जानी है आसमान देखनी है फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जानी है फिर लंबी गहरी श्वास भरते हुए ऊपर आ गए आठ से दस सेकेंड यहाँ रुक गए दस सेकेंड इसी तरह रुके रहे और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ गए ये विधि दस बार करनी है फिर इस तरह से हाथ सीधा करते हुए इस तरह से करनी है इस तरह से तीस बार इसके करनी है ये तीसरी विधि तीस बार लगातार करनी है और यदि थकावट महसूस हो तो इसी तरह से सो गए दो चार मिनट आराम कर लिए और फिर शुरू कर दिए इसी तरह से ये विधि तीस बार लगातार करनी है ये तीसरी विधि अब आइए हम चौथी विधि सीखते हैं इस तरह से सो जाएंगे और श्वास के गति समान हो और इस तरह दोनों हाथ में ईट या डंबल जो भी आपके पास है ईट से भी काम आपका चल सकता है इसी तरह सटाए हुए इस तरह से नीचे जानी है यहां पांच सेकेंड इसी तरह रुकनी है फिर धीरे धीरे इस तरह से आए पांच सेकेंड यहाँ रुकनी है अब फिर पांच सेकेंड यहां धीरे धीरे जाकर यहां रुकनी पांच सेकेंड यहां आराम किए और फिर पांच सेकेंड यहां आराम कर लिए दस बार लगातार करनी है उसके बाद इस तरह से तीस बार करनी है अगर थकावट महसूस हो तो बीच बीच में थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा इसे करनी है तीस बार लगातार श्वास की गति सामान्य हो लंबी गहरी श्वास फेफड़ा में आ रही है जा रही है नाभी फेफड़ा में ध्यान देनी है और ये तीस बार लगातार इसी तरह से अब बीच बीच में फिर रेस्ट कर लिए थोड़ा सा थकावट हो तो रेस्ट कर लिये अब हम सब सीख गए अपनी सीना चौरी करने के विधि तो इस तरह से यदि सुबह सुबह फरेश होने के बाद हम लगातार पाँच छः महीना करते रहते हैं तो जो भी आपका मनोभाव है कामना है साइना में या सुंदर दिखने के लिए तो एकदम आपका लगा कि नहीं बहुत ही आसान इससे आसान आज तक कोई विधि ही नहीं तो हमारे महापुरुषों द्वारा बताई गए इस विधि को हम लोग अब समझ गए सीख गए तो आप सभी नौजवान साथियों को अपने भाई बहनों के प्यार के साथ इस विधि को अपनाकर कर, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि पूरा विश्व करना चाहे आपके जैसा आप सभी नौजवान साथियों को प्यार भरा नमस्कार जय हिंद जय भारत